नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका गोसाल मक्की चैनल पे आप लोग कैसे हो बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं अपलोड की थी क्योंकि सावन का महीना चल रहा था और सावन के महीने में हम सब लोग शाकाहारी खाना खाते हैं इसलिए हम नहीं खेल रहे ले थे लेकिन आप लोगों की बहुत ही डिमांड थी कि जल्दी से वीडियो अपलोड किया जाए इसमें चिकन होना चाहिए तो मैं वीडियो बना ही देते हैं तो ये फाइनली मैंने वीडियो तैयार कर लिया है लेकिन इसमें चिकन हुआ है या चिकन खाया मैंने या नहीं खाया है ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ही पड़ेगा क्या मैं शाकाहारी रह पाया हूँ या नहीं तो ये वीडियो आप पूरा देखिए आपको पता चल जाएगा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही फाइट है बहुत लोग कहते हैं कि पबजी बहुत ही ख़राब गेम है लेकिन मैं तो मानता हूँ कि पबजी की वजह से मेरी जो फ्रेंड की है वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुँच गई है मेरे फ्रेंड पाकिस्तान नेपाल श्रीलंका और अन्य देशों से भी मेरी फ्रेंडशिप सर्किल बढ़ गई है सभी लोग मेरे वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं और मेरा सपोर्ट भी करते हैं एक मेरे फ्रेंड हैं गॉड नाम से उनकी आईडी है वो जयपुर के रहने वाले हैं हमें उम्मीद नहीं थी कभी कि मेरी जो फ्रेंडशिप सर्किल है वो जयपुर तक जाएगी लेकिन केवल केवल पबजी की वजह से ही मेरी पहचान गॉड भाई जिनका सौरभ नाम है उनसे हुई है एक पाकिस्तान के हैं फ्रेंड जिनकी आईडी खतरा नाम के खतरा नाम से है कफन नाम से है इस प्रकार से बहुत सारी आईडी हैं और जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई है तो पबजी भी बहुत अच्छा गेम है लेकिन उसको सही तरीके से और सही मनोरंजन के लिए खेला जाए ना कि उसकी लत लगा लीजिए लत लग जाएगी तो बहुत सस्ते ज्यादा घातक गई है एक केवल पबजी को मनोरंजन के लिए खेलिए और उसका जो बनाने का पबजी वालों का जो बनाने का उद्देश्य भी था तो भी केवल केवल मनोरंजन के लिए था ना कि किसी रियल गेम के लिए बहुत सारे लोग गेम खेलते हैं और उसके वीडियो बनाते हैं मुझे भी बहुत डिमांड की गई कि आप भी वीडियो बनाओ मैंने भी बना दिया अभी नया वीडियो देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है तो इस प्रकार से मेरे चार किल हो जाते हैं और मेरे जो टीममेट मेट थे उनके तो दो हैं दो खेल रहे हैं दो में मेरे टीममेट को पहले ही फिनिश कर दिया जाता है मैं अकेला बचता हूँ अकेला मतलब पूरे मैप में रहना खतरे से खाली नहीं होता है क्योंकि लास्ट का गेम चालू हो गया है और लास्ट में जो एनिमी होते हैं वो आर का इस्तेमाल ज़्यादा ही कुछ करते हैं आर के सामने कोई भी गन आपके काम नहीं आती है इसलिए बच कर रहना पड़ता है देखो बंदा वहाँ से हमें मार रहा है लेकिन क्योंकि हम उसको देख नहीं पा रहे थे अब अब मैं देख गया हूँ लेकिन यहाँ से उसको मैं डैमेज ज़्यादा दे नहीं पाया दे नहीं पाऊँगा इसलिए मैं सीधा उसके ऊपर रस ही कर दूँ तभी बन पाएगा बात कुछ और जो मेरा टीम है वो ऑफलाइन नहीं हुआ है वो भी बता रहा है कि आप चले जाइए नहीं तो मार देगा आपको मैं जा रहा हूं वहीं पर अब तो सीधा रस ही कर देता हूं देखते हैं ये मुझे मारता है या मैं उसे मारता हूं हमारे चैनल को अन्य देशों तक भी पहुंचाने में आप मेरी सहायता और सपोर्ट करें देखिए कैसे नसे निकला है आरपीजी लिए हुए हैं लेकिन शायद नशा ज़्यादा ही कर लिया था इसलिए चुपचाप खड़ा था सब इसमें पबजी में अधिकतर सब ज़्यादा ही आने लगे हैं अब देखो एक और ये नशेबाज खड़े हैं चुप्पे से जिनको कुछ नहीं पता है कि हमारे ऊपर कुछ गोली वगैरह चलने वाली है ये देखिए ये भी फिनिश हो गए मेरे सेवन किल हो जाते हैं और देखिए और इसी के साथ मेरा चिकन डिनर हो जाता है और मेरा सावन का जो वो ब्रेक है वो कैंसिल हो जाता है वीडियो कैसा लगा लाइक